आमिर खान कोई सामान्य सुपरस्टार नहीं है वह कांग्रेस द्वारा स्थापित हिंदू विरोधी और भारत भंजक व्यवस्था के पोस्टर बॉय भी हैं ऐसा कलाकार जिसने लंबे समय तक उदारता का आवरण ओढ़े रखा जब एक बार लोग उनके झांसे में आ गए तो उन्होंने हर वो काम किया जिससे भारतीय धर्म संस्कृति और परंपराओं को कलंकित किया जा सके आमिर खान ने इससे आगे बढ़कर उन शक्तियों को वित्पोषित भी किया जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने के सपने देखती हैं। कुछ उद्योगपति समूहों और बॉलीवुड के कलाकारों ने मिलकर इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन यानी आईपीएसएमएफ नाम का एक एनजीओ शुरू किया यह संस्था स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर प्रोपागैंडा वेबसाइट जैसे ऑल्ट न्यूज द वायर और कारवा को पैसे देती है देश में आज फेक न्यूज की जो महामारी हम देखते हैं वो इसी संस्थान की देन है आईपीएसएमएफ से जुड़े कथित पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के सबसे अधिक निशाने पर भारतीय सेना रहती है आमिर खान इस संस्था के सबसे बड़े दानदाताओं में से एक रहे हैं आईपीएसएमएफ ने वर्ष 2016 से 2021 के पांच सालों में देश विरोधी पत्रकारों और मीडिया पर छियासी करोड़ रुपए खर्च किए हैं उसने अपने पैसों से ढेरों YouTube चैनल भी खुलवाए हैं जिन्हें मोटी रकम दी जाती है नुपुर शर्मा का एडिटेड वीडियो चलाने वाला फर्जी फैक्ट चेकर मोहम्मद भी आई के पैसे की ही उपज है आई एक सफेद पोष संस्था है कानून के अंतर्गत उन पर कार्रवाई बहुत कठिन है आई ने अपने संगठन में कुछ कथित राष्ट्रवादियों को भी सम्मिलित कर रखा है ये थोड़े बहुत पैसे एकाद राष्ट्रवादी मीडिया संस्थान को भी बांट देते हैं इसकी आड़ में भारत और हिंदू विरोधी दुष्प्रचार चल रहा है ध्यान देने वाली बात है कि आई पी एस एम एफ को पैसे देने वालों में बड़ी संख्या पारसी उद्योगपतियों की है यह विचार का विषय है कि भारत विखंडन और हिंदू विरोधी दुष्प्रचार में पारसी समुदाय की इतनी रुचि क्यों है रही बात आमिर खान की तो रंगे बसंती पीके और दंगल जैसी फिल्मों के बाद उनके पास कुछ भी छिपाने को नहीं रह गया है अब वो खुलकर मैदान में है कश्मीर को भारत से अलग करने का समर्थन करने वाले तुर्की जैसे देश के राष्ट्रपति का मेहमान बनना हो या भारत भंजप शक्तियों से सांठगांठ, आमिर खान का असली चेहरा हम सबके सामने है दृष्टि उन लोगों पर टिकाए रखिए जो आमिर खान जैसे बहरूपियों का समर्थन करते हैं इन में वो तो होंगे ही जिनकी रोजी रोटी देश का विरोध करके चलती है लेकिन वो भी होंगे जो इन दिनों मौसम देखकर राष्ट्रवाद की रोटी तोड़ रहे हैं वर्ष 2016 में जब दंगल फिल्म आई थी तब उसके बहिष्कार की अपील हुई थी लेकिन आमिर खान ने कुछ कथित राष्ट्रवादियों के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग कराई कहने की आवश्यकता नहीं कि इसमें दंगल का प्रचार आरम्भ कर दिया और इसे नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाली फिल्म घोषित कर दिया जब लोगों ने इस फिल्म को देखा तो पता चला इसमें दिखाया गया है कि फोगाट बहने तभी जीतती है जब गांव का एक दयालु कसाई उन्हें चोरी छिपे मांस खिलाता है, जबकि हरियाणा के अधिकांश पहलवान पारंपरिक रूप से शाकाहारी और हनुमान जी को ही गायब कर दिया संभव है कि अपनी आगामी फिल्मों में भी आमिर खान यही पैतरा फिर से चलेंगे उनकी और उनके तंत्र की जड़े हर ओर हैं यदि आप अपने देश और आने वाली पीढ़ियों को सेक्युलर और उदारवादी जिहाद से बचाना चाहते हैं तो इस तंत्र को करारा जवाब देने का यही समय है आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा करारा जवाब मिलेगा इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं हमारा एकमात्र उद्देश्य हिन्दू समाज को जागृत और एकजुट करना है इसमें सहभागी बने धन्यवाद